भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरा मन घबरा रहा है आज चली जा भाई सुन ना यार तू वहाँ तार जोड़ेगा मेरे को लग रहा है यहाँ मेरी गांड फट जाएगी